हेलो फ्रेंड्स मैं दीप आपका अपने यूट्यूब चैनल से छादी अकेडमी में स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आज फिर आप लोग के लिए मज़ेदार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैं आया हूं तो आज का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो इस करंट अफेयर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे तो चलिए आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप अगर इस चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए आज का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करें करंट अफेयर देखते हैं अब हाजि में कि से के नए अध्यक्ष कौन बने हैं क्या है से के नए अध्यक्ष वो कौन बने हैं माधवीपुरी बुच्च ये सेवी के ने अध्यक्ष चेयरपर्सन बने हैं इन्होंने अजय त्यागी का जिसका अजय इन्होंने अजय त्यागी का स्थान ग्रहण किया है और ये सेवी, सेवी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है क्या पहली महिला अध्यक्ष माधवी माधवीपुरी बुच्च सेबी से से एस ई बी तो सेबी क्या है सेबी जो है एक जितनी भारत में जितनी भी जो स्टॉक जे शेयर बाजार है उसको यह देखभाल करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे एक स्टॉक एक्सचेंज ये इसको ये देख ये इनकी देखरेख में ये, इस, ये सेबी की देखरेख में ये सब काम करते जितनी भी जो भारत में शेयर है वो सब अब कभी कभी यहां से पूछ जाता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है तो सेबी क्या है सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है में कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब है। सेवी के बारे में कौन कौन क्वेश्चन देखते सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में पड़ता है कहाँ पड़ता है मुंबई में जो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल उन्नीस को हुई थी कब हुई, हुई थी बारह अप्रैल उन्नीस आस, को इसकी स्थापना हुई थी अब स्थापना तो हुई थी बारह अप्रैल उन्नीस को लेकिन इसको सब वैधानिक मानता दिया गया तीस जनवरी उन्नीस सौ को सेवो को वैधानिक मानता प्राप्त हुआ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मैक्सिकन टेनिस ओपन 2022 जो हुआ इसमें राफेल नडाल ने जो एक स्पेन के खिलाड़ी हैं उन्होंने एकल एकल खिताब जीता है क्या एकल खिताब जीता किसको ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरन नोरी को उन्होंने ये हराकर अपना अपना एटीपी पुरस्कार पी राफेल नडाल ने जीता है अब तो अब मैक्सिकन टेनिस ओपन 2022 तो मैक्सिकन ओपन टेनिस जो है इसको कभी कभी अका फुल्को खिताब भी कहा जाता है क्या कहा जाता है अका फुल्को खिताब के नाम से भी इसको जाना जाता है तो अब ये राफेल नडाल जो एकल प्रतिस्पर्धा में खिताब जीते हैं तो डबल में कौन जीते हैं डबल में फेलिसियानो रोलोके और स्टेफानोस सियाना। ये ग्रीस के हैं ये दोनों मिलकर इनको डबल खिताब इनको ये दिया गया है अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन तीन नंबर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर में है आपका कि हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम ये अभियान चलाया गया है जिसमें सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप के, के जरिए ये उसको बढ़ाया बढ़ावा दिया जाएगा तो अब तो क्वेश्चन आपका ऐसा भी यहाँ भी बन सकता है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान क्या है या किस मंत्रालय द्वारा किया गया है तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये किया गया है अब है सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप के जरिए अब है तो भाषा संगम मोबाइल ऐप तो इसकी जो लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2021 को हमारे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान है प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है अब ये नेक्स्ट है देखते हैं कि पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का रूप दर्जा किसे किस एयरपोर्ट को दिया गया है पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा किस एयरपोर्ट को दिया गया है तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ये दर्जा दिया गया है ये कहाँ पर पड़ता है ये कर्नाटक केल के केरल के कन्नूर कन्नूर जिले में पड़ता है कहाँ पड़ता है केरल के कन्नूर जिले में ये पड़ता है और यहाँ से एक आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो आप इस क्वेश्चन मास्क कर लीजिएगा कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है विश्व विश्व में आपकी तरह का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है क्या तो ये दो में हुआ था अब नेक्स्ट है टी प्लस वन क्या है टी प्लस वन स्टॉक निपटान तंत्र लागू करने वाला भारत जो है दूसरा देश बना है क्या दूसरा देश बना है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक एक्सचेंज एक के द्वारा ये लागू इसको ये इस तंत्र को अपनाया गया है तो ये भारत दूसरा भारत जो है दूसरा देश है तो पहला देश कौन सा है तो पहला देश आकर चीन है क्या है पहला देश चीन है अब बात आ गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे तो यहाँ से जो आप क्वेश्चन में बनेंगे उसे चल देखते हैं अभी स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना इस उन्नीस में की गई थी इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है और इसके वर्तमान में एमडी डी एस कौन विक्रम रिमाए हैं कौन है विक्रम रिमाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है कौन है, है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अभी नेक्स्ट देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को हुई थी कब हुई थी नौ जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब इसका मुख्यालय मुंबई पड़ता है इसका भी एमडी सीईओ देखते हैं एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है आशीष चौहान है और इसके अध्यक्ष कौन है जस्टिस बिक्रमजीत सेन ये पूर्व एक रिटायर्ड जज है अब क्स्ट क्वेश्चन में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल आठ पदक जीते हैं कितने भारत ने कुल आठ पदक जीते हैं जिसमें गोल्ड एक सिल्वर एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है क्या एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है यहाँ से आपको इस तरह का क्वेश्चन होता है कि दो हजार बाईस का जो वेट बे, लिफ्टिंग इंटरनेशनल हुआ था ये कहाँ हुआ था ये सिंगापुर में हुआ है कहाँ सिंगापुर में भारत ने कुल आठ पदक जीते हैं भारत ने जितने भी खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे उन सभी ने कोई ना कोई पदक जीता ही है जिसमें सबसे ज़्यादा छः गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज आप इसको छः से भी, याद, से भी याद कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं है एयरपोर्ट है? इंटरनेशनल कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है कहाँ पड़ता है अब टी प्लस वन स्टॉक निपटान तंत्र लागू करने वाला भारत दूसरा देश है पहला देश चीन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना बानवे मुख्यालय मुंबई एम विक्रम निमा अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 9 जुलाई अठारह को हुई थी इसके वर्तमान में एम डी सी ओ चौहान अध्यक्ष जस्टिस विक्रमजीत सेन है इसका जो मुख्यालय मुंबई है, है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल दो हजार में भारत में कुल पदक जीते जिसमें छह गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो सातवा नंबर बनेगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सातवां नंबर है कि बुसुस्टार चैंपियनशिप दो हजार बाईस ये कहाँ आयोजित किया गया ये आपको रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित किया गया रूस की ये राजधानी पड़ती है कहा रूस की राजधानी मॉस्को में इसको आयोजित किया गया अब तो भारत के भारत की शादी तारीख एक महिला है जिन्होंने इसमें बूसू स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है क्या जीता है गोल्ड मेडल जीता है और सबसे बड़ी बात कि यह कि ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये की है ये रहने वाली हैं कहाँ रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है तो अब आता है कि जम्मू कश्मीर की तो अब चलते जम्मू कश्मीर जीते हैं जम्मू कश्मीर की एक दो राजधानी है एक श्रीनगर एक जम्मू एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन अब अब वहाँ के उप राज्यपाल कौन है मनोज सिन्हा है। कौन है मनोज सिन्हा वहाँ के उप राज्यपाल है अब वहां के देखते हम जम्मू कश्मीर में जीरो की संख्या 20 है वहाँ राज्यसभा सदस्यों की संख्या चार लोकसभा सदस्यों की संख्या पाँच विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है ये आपको एक्श्वर में पूछ लिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा विधान परिषद वहाँ विधानसभा तो नहीं है सॉरी विधान परिषद हो गए यहाँ पर हाँ विधानसभा ही हो विधानसभा विधानसभा विधान परिषद तो है नहीं विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप यहाँ पे आसानी से जिसको याद करके आप वहाँ पर एग्जामिनेशन में आप बता सकते हैं अभी नेक्स्ट है आठवा नंबर में, में क्वेश्चन है आपका कि बायोमेडिकल इन्ोवेशन पर आई सी नीति ये लॉन्च किया गया है तो किसने लॉन्च किया है हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका शुभारम्भ लॉन्च किया गया है अब इससे मेडिकल क्षेत्र में जितने भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें ये भारत का भारत खुद इसको मैन्युफैक्चर करेगा अब आई तो कभी आई क्या है तो कभी कभी एग्जामिशन में आपको आई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो इसका आई का फुल क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है तो इसके अभी हेड कौन है प्रोफेसर बलराम भार्गव है कौन है बलराम भार्गव अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब का बनता है कि ट्विटर सार्थ, ट्विटर सार्वजनिक नीति टीम का हेड किसे बनाया गया है सम्मीरन गुप्ता को इसका हेड बनाया गया ये भारत और दक्षिण एशिया का नेतृत्व करेंगे भारत और दक्षिण एशिया का नेतृत्व करेंगे अब एक ट्विटर की बात आ गई तो ट्विटर ने हाल ही में जो एक पराग अग्रवाल क्या है पराग अग्रवाल को अपना सीईओ नियुक्त किया।, किया है कौन सीईओ नियुक्त किया है अब ट्विटर तो ट्विटर की स्थापना इक्कीस मार्च 2006 हजार छः को हुई थी कौन थी इक्कीस मार्च 2006 हजार के इसका जो मुख्यालय पड़ता है सैन फ्रांसिस्को ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम दस नंबर में है जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि हाल ही में एक वैक्सीन है कोविशील्ड ये चर्चा में रहा था काफी चर्चा में रहा था तो ये क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये विश्व में पौधों से निर्मित ये पहला वैक्सीन है क्या पौधों से निर्मित पहला वैक्सीन है जिसको कनाडा ने मंजूरी दिया है कनाडा ने इसको मान्यता दी है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे अब इससे कोविफी कोविफेल्ज नाम है इससे सेवेंटी ये कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन से ये क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है जबकि ये उम्री से पहले का परीक्षण किया गया है उम्री उम्री कौन से पहले से इसका परीक्षण किया गया है अब है कनाडा अभी कनाडा देखते हैं तो कनाडा की राजधानी ओटावा पड़ती है कहां पड़ती है ओटावा और उसका वहां की मुद्रा है कैनाडियन मुद्रा है क्या है मुद्रा है और वहां के जो पीएम जस्टिन ट्रूडो है है कौन के पीएम जस्टिन ट्रूडो है नंबर में में कि हाली में CEC कप मेंस हॉकी 2022 कहा आयोजित किया गया है किया आयोजित किया गया आयोजित कप मेंस बाईस लेह में आयोजित किया गया और वहां आयोजित किया गया तो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने पुरस्कार जीती। क्वेश्चन इससे बन सकता है कि पंद्रहवीं सीई कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने इसको जीता किसको हराकर जीता आई टी बी पी पुलिस को ये हराकर जीता अब लद्दाख लद्दाख अरे लद्दाख है तो लद्दाख के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आर के माथुर है और वहाँ के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? एक है वहाँ से जो एक मात्र सांसद हैं कौन है? हैल जाम यांग, नामग्याल इसको एग्जामिनेशन भी आपको पूछ दिया जाता क्योंकि ये वहाँ से मात्र एक ये लोकसभा सदस्य है और यहाँ पे ये भी ये भी एक यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जब आर्टिकल थ्री सेवेंटी जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो ये काफी चर्चो में आ गया थे क्योंकि इन्होंने संसद में एक बेजोर भाषण दिया था इस कारण ये काफी चर्चा में और यहाँ से उनको यह आपको पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम है अब हम क्वेश्चन देखते हैं बारह नंबर में है कि हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी यह संस्था कौन बनी है तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक यह है गुजरात के टैक्स सिटी में यह अपने कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है अब न्यू डेवलपमेंट बैंक तो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक जो पता चलता है आपको दिमाग तो एक बात आई कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स बी आर आई सी ए ब्रिक्स देशों का ये एक बैंक है क्या है ब्रिक्स देशों का ये बैंक है ये ब्रिक्स देश में पांच देश आते हैं कौन ब्राजील रूस इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये मिलकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना दो हजार चौबीस में, में की है लेकिन दो हजार से ये कार्य करना शुरू हो गया अरे न्यू डेवलप बैंक मुख्यालय कहाँ पड़ता है संघाई पढ़ता ये कहाँ पड़ता है ये चीन के एक शहर है वहाँ पर चीन ये इसका मुख्यालय संघाई में है अरे इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है कौन है मार्कोस प्राडो टाइजो मार्कोस प्राडो टाइजो इसके वर्तमान में ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसको भी आप स्टार मास करिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामेशन में ये आपको निश्चित यहाँ से एक सवाल बनेंगे अभी भारत के पहले ई वेस्ट ईको पार्क की मंजूरी किसने दी है तो दिल्ली कैबिनेट ने दी है किसने दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट ईको पार्क की मंजूरी दिल्ली कैबिनेट ने दी है दिल्ली सरकार ने दी है बात आ गई दिल्ली की तो दिल्ली की जो है, हमारे सीएम कौन हैजरीवाल अरविंद के, है है? अर के, है के मुख्यमंत्री के जो गवर्नर है कौन है अनिल कौन अनिल अब दिल्ली की बात आ गई तो दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या तीन है लोकसभा सात है विधानसभा सदस्यों की संख्या सत्तर है और वहाँ जीरो की संख्या ग्यारह है और दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश का के दर्जा उन्नीस सौ छप्पन में दिया गया था कब दिया गया था उन्नीस सौ छप्पन में दिया गया था यह है अब नेक्स्ट फिर से एक बार डिविजन कर लेते हैं कि तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में कर्यालय खोलने वाली पहली बहुत एजेंसी कौन बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक एजेंसी बनी है इसका मुख्यालय न्यू डेवलप मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है संघाई संघाई जो चीन में परत, में है इसकी स्थापना 2014 चोड़, में की गई थी लेकिन 2015 में इस सुचारू रूप से कार्य करना शुरू किया अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रैजो ब्रिक्स देशों ने मिलकर इस पांच देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट की स्थापना की थी इसमें ब्राजील रूस इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसमें आते हैं पांच देश हैं अब भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट ने इको फ्रेंडली बनाने के लिए अभी बीस एकड़ में ये फैला हुआ है अब दिल्ली तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गवर्नर अनिल बैजल हैं यहाँ राज्यसभा सदस्यों की तीन है लोकसभा सात विधानसभा सत्तर और वहाँ जीरो की संख्या ग्यारह है और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उन्नीस चप, सौ में दिया गया तो फ्रेंड्स आज के लिए करंट हर अकै बस इतना ही था और मैं आपको जितनी भी ग्यामे, जो एग्जाम एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू था क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है और आपको यहाँ से एक निश्चित ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से देखने को मिले, मिलेंगे तो आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद तो थैंक यू जय हिंद